बालम न तोड़का देखा दे तो, के तो दे ना तो के देखा दरिया चम चम चम के देख के लजा जाए चांद के यदोरिया चम समारा चारिया देख के लजा जाए चांद के यदोरिया लुका जहीं जोनिया मर के कहूं है जनिया मर के कहूं चुनिया भगरी हबाल बदलिया हबानी बदलिया रन मरने के पाठ गन भरबादी अचरा पति सा जवा अचरा पतितली जा जवा पह झूम उठे वापस उठे पहली तो झूम उठे वो पर बाजू बदनिया पहिरी हम तो दिखारी सुनरी पहन जिया पलंग चढ़ जा मार के निया पलंग चढ़ जा डुबिया बनैब न डुबिया बे चाहिए नजरिया के सुरीबान नजरिया नजरिया केल जहानिया तो सरकार तुहके देखा दे तो सरकार तुहके देखा से पे दरिया पलंगी गलिया बदरिया